तो मित्रों और मित्रानियों मेरी बात ध्यान से सुनो भाई ये रिकॉर्डिंग की है मैंने गरीना के ऐप से जो गरीना ने सिस्टम दिया था उसी सिस्टम से मैंने ये रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी की है भाई लास्ट तक वीडियो में बने रहो और इन्जॉय करो मेरा ये गेम प्ले भाई कहीं कहीं मतलब ये स्पीड किया हुआ हूँ मैं क्योंकि भाई बहुत बुरी तरह से हारता हूँ हारता नहीं हूँ मतलब वापसी करता हूँ मतलब ये लोग भी बहुत आ, मतलब बोल क्या सकते ख़तरनाक टीम से आए थे तो मतलब वापसी हम लोग ने बहुत अच्छी तरह से किए हैं और भाई लास्ट तक तो बने रहो वीडियो को एंजॉय करो मेरे साथ और ये रिकॉर्डिंग भाई ज़रूर इस रिकॉर्डिंग के लिए लाइक एक कर देना क्योंकि बहुत मेहनत से ये रिकॉर्डिंग करके मैं तुम्हारे तुम लोग तुम लो के लिए वीडियो बना के लाया हूँ तो ये है हम लोग का टी रोहित ये कौन है तुम लोगों को पता है नहीं नहीं बता रहा हूँ मैं क्योंकि ये है हागिंदर पदिंदर गजिंदर <laughs> देख देख लेना ठीक है देख देख लो देख लो इतने अभी इतने किल करूँगा इतने किल करूंगा भाई किसी ने सोची नहीं होगी ठीक है ना नाश रोहित ये अपना समझ गए क्या ही बोलू लास्ट टाइम वीडियो में बने दो भाई आराम से वीडियो इंजॉय करो और ये मर गया दूसरे राउंड हम लोग कुत्ते की तरह मरने वाले हैं इस राउंड को भी थोड़ा करते हैं स्पीड और मतलब आप लोग का टाइम ज़्यादा खोटे नहीं करेंगे और कितनी मतलब मैं भी कुछ कम नहीं हूँ भाई चार चार से अकेले भिड़ जाता हूँ भाई वीडियो में बने रहो तो कुछ समझ में आ जाएगा भाई चार लोगों को मरने का मतलब आम बात थोड़ी है भाई मामूली बात थोड़ी है अरे हम लोग थोड़ी यूपी से आए हैं बिहार से हम लोग आसाम का है भाई हम लोग भी चार बंदे को फैल सकते हैं आराम से बिना किना कट्ठा लगाए ठीक है ना तो भाई हम लोग ने बस वापसी करने लिया था इसने आउट कर दिया हमको तो भाई सब हम लोग आउट हो चुके हैं तो क्या ही बोलूँ आउट तो आउट हो गए हम तो चलिए दो राउंड बहुत पूरी तरह तरीके से हारने के बाद हम लोग किस तरीके से वापसी करते हैं देखिए आप लोग भाई हम लोग भी कम नहीं भाई साफ तो इसमें करते हैं थोड़े से स्लो ठीक है ना तो ये रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी है वो गरिना के ऐप से ये रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी गरिना के ऐप से की है मैंने इसीलिए आप लोगों को वॉइस सुनाई नहीं देगी इसमें आपको कुछ भी वॉइस सुनाई नहीं देगी इसीलिए भाई बुरा नहीं मननेगा इसको भाई भाई हीरो मतबन बोल रहा था इसको हीरो मतबन हीरो मतबन जीरो बन जाएगा मैं आगे थोड़ा जल ओ भाई सभी तरह के नीम ओ इधर एक दो आगे एक तीन नहीं भी भाई साहब रुक जाओ आराम से कहते हैं बस एक नोक हीरो नोक हो गया अभी कोई आ जा हीरो नोक हम लोगों का हीरोइन आ गई हीरोइन बने पापा की पड़ी पापा की पड़ी को हेड पड़ गई भाई पापा की पड़ी तो पड़ी oh, okay. पड़ा हो गई तो हेड मैंने मार दी और भाई साहब हम लोगों का टाइगर भाई जिंदा है टाइगर भाई।, टाइगर भाई टाइगर भाई कुछ करेगा अभी टाइगर टाइगर टाइगर बम झंडू बम लगा के आएगा और दो तो एनिमी को फेल के चला जाएगा देख ए देखो टाइगर बम झंडू बम लगा के बस दोनों एनिमी को सुहा कर दिया तो मेरे बहुत ही बहुत ही खतरनाक वापसी भाई टी जी रोहित भाई मेरा फैन हो गया बिग फैन तो इसका मैंने फैन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है तो गाइस अच्छा गया कि बुरा अच्छा मैं किसी का बुरा नहीं चाहता ठीक है जितने मेरे फ्रेंड हैं मैं सबके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा जितनी जगह भी तो चाहिए लेकिन कोई नहीं भाई सबके साथ में खेलने वाला हूँ कोई टेंशन नहीं लेने का ठीक है तो भाई सब तुम्हारा भाई बिट्टू इतने किल करेगा इतने किल करेगा भाई किसी ने सोची नहीं होगी ठीक है ना तो ये सिक्सटी सिक्स का डेमेज और भाई ये कब निकल गया मुझे माता ही पता ही नहीं चला भाई उधर आगे से उसने खोद के रख दिया है मुझे पता ही नहीं और मैं उसके लिए रुका हुआ था तो ये राउंड भी हम लोग ने जीत लिया अभी देखना भाई मतलब ये केम प्ले देख के आप लोग लाइक नहीं तो नहीं करो तो नहीं करो तो नहीं भाई सुनिए और भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि ये वीडियो इतना मतलब आप लोग देख के चौक जाओगे आप लोग का दिमाग घूम जाएगा आप लोग गिर जाओगे भाई उर्सी उर्सी है तो साइड में रख लो और पकड़ के बैठ जाओ भाई तो ये गया हम लोग का हीरो बनने और जीरो बन गया और मैं गया हीरो बनने बस हीरो बन गया और ये एडम चचा है खड़ा है इसको भी खेल देते हैं बस इसको रिवाइव कर लेते हैं रुक जाओ अभी दोनों को दो और ये दो बंदे फिर से हीरोइन आ गई हीरोइन हीरोइन हीरोइन कोट शॉट ही गिरता है हीरोइन का भाई ये आया एक घास बन के हीरो बनने घास बच गया है ही लोगों ने सामने कैसी लगी भाई वो तो भाई साहब तीन राउंड के साथ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं वो लोग का दौड़ा हम लोग का तीन क्या ये मैच हम लोग जीत पाएंगे भाई गाइस क्या ये राउंड भी हम लोग जीतेंगे ये कुत्ते की तरह हारना है भाई देखो ठीक है ना राउंड देखो उसके बाद डिसाइड करना पहले मत करना तो भाई मैं कैसा खेलता हूँ भाई सब लोग बोल बोलते हैं मुझे चूतिया बोलते भाई सब कमेंट में कुछ अच्छा भी किया करो यार तुम लोगों को क्या मतलब क्या चूतिया बना के रखे हो यार भाई सब लाइक करो पहले ही बोल रहा हूँ अभी देखना आजा, आजा।, आजा। आई बाहर <coughs> सॉरी दिल है राजकुमार करना वायरस नहीं हुआ झूम झुम भाई सब निकल रुक, रुक जाओ आ जाओ भाई सब क्या भाई तो यहाँ पे ग्रेनेड फेंकने की कोशिश ग्रेनेड ग्रेनेट रिटल तो एल क्या ओह भाई बचाओ यार दो खाले दो खाले दो खाले खाले <coughs> भाई क्या ये राउंड हम लोग जीतेंगे ये राउंड हम लोग को जीतना है भाई कोई हीरो मत बनना सबको बता दिया मैंने किसी ने हीरो नहीं, नहीं बनने का सब जीरो बन के खेलेंगे और ये राउंड को हम लोग भुया करेंगे भाई तो चले हम लोग एक तो भाई बोट तो हम लोग एक बोट है भाई कहां चला इसका क्या ही तो से कर देता हूं आप खोते भी नहीं मैं। वो कहा गया नहीं? भाई सारे मैं उधर है क्या मैं एक बार दाम वो खत्म ओ ओ ओ दो खत हमारे मैं अकेला हूँ और का दो बंदे भाई है? ओ, ओ भाई साहब ओके ओ खतम ओ भाई साहब फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो